गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रीक्वेंसी और बताइए की आपका फेवरेट गाना कौन सा है फोन लाइन अब खुलिए और मेरी आज का पहला कॉल हेलो अभी क्या फसल बचा रखी है मेरे नाम पे तू पे आज का का पहला गाना मेरे पसंद क्या मंगल बता है मेरे नंबर को एमएमएस एमएमएस की तरह स्प्रेड तूने है किया क्या बक है है क्या साले कुछ भूख के बैठा है क्या सुबह के दस बज रहे हैं मेरे तो बारह बजे हुआ है ना जमाइला अब समझा एक काम कर तू बाबा को कॉल कर मैं आंटी को कॉल करता हूँ सबको सब समझ में आ जाएगा क्या अरे करना कॉल ना कॉलो हेलो हेलो नेटवर्क खराब है शायद नेटवर्क नहीं मेरी किस्मत खराब है सालो उठो अगर इसके पीछे तुम में से कोई है ना तो अपने फोटो पे हाथ चढ़ाने को रेडी हो जाओ वरना मेरी पे चढ़ा देना कंट्रोल हो दे कंट्रोल लाइट लेना यार की तो प्रॉब्लम हो गई है गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम exactly, तो पता है ना मेरा घर का सीन बाप पहले ही हिटलर कुरेशी माँ फेक था मशहूर की सीरियल की दादी के सदमे का कारण बन जाऊंगा यार मेरे बाप ने अगर मैसेज पढ़ लिया ना Oh fuck! तो guys? तो राधिका मिली थी उसे अगर पता चल गया ना तो फिर से हाथी मेरा साथी हो जाएगा यार क्या करूँ हाँ भाग जा। से बेटर अब बतान मैसेज में लिखा क्या था? So there's this dude who is running his business from home during these times. He has everything, grass, chemical liquid, everything. He will also deliver it, but will charge extra. Triple nine five nine double eight two double zero is his number. Use code word Tuesday माल चाहिए. He will know and give you. Guys? Hello? Hello? Hello? Oh, ban.